आज मैंने अपने घर वालों से पूछा कि मैं कुत्ता पाल लूं क्या तो फिर उन्होंने बोला तू पल रहा है वो कम है क्या मेरी जान